गाइज so आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक वर्सेज स्वास्थ्य में सो so, टुडे मैं आपके लिए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ जिसका टाइटल होगा हाउ टू मेक अ चैट पोट इन यूजिंग पाइथन लैंग्वेज यूजिंग पाइचाम इन हिंदी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप में और कैट बोर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले खोलना होगा अपना पाई चाम सो लेट्स ओपन पाई चाम एंड आईव ओपन पाई चाम लेट्स वेट इट स्टार्टो इट विल्स आपने नहीं डाउनलोड किया हुआ पाईचाम सो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप पाईचाम को डाउनलोड कर सकते हैं सो so, ये लोडिंग ट कर रहा था जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट था जो हमने इंग्लिश में वीडियो बनाई थी चैट बोर्ड की हम अब हिंदी में बनाने जा रहे हैं तो अगला नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे दैट विल उसका नाम हम रखेंगे बोर्ड इन हिंदी सो तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और हमें एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर चूज करना है Python 3.8 अगर आप चाहते हैं कि अब मैं Python की वीडियो बनाऊं Python कैसे डाउनलोड करते हैं तो कमेंट में बता देना और देन वी विल चूज क्रिएट फिर क्रिएट का बटन दबा के अब लोडिंग चैट बोर्ड इन हिंदी प्रोजेक्ट तो इट विल ओपन इट विल स्कैन फाइल्स फॉर इंडेक्स And wait till it loads properly. Processes are, two processes are are two working एंड वेट इल इट लोड प्रॉपरली एक प्रोसेस ही रह गई शुरू होने वाली पाइथन इंटरप्रेटर को अपडेट कर रहे हैं ये, so, ये हो गया अपडेट स्कैनिंग पैकेजेज the right. Then, हमें राइट क्लिक करनी है इस पर इस पूरे पे हमने राइट क्लिक करनी है उसके बाद न्यू पे जाना है उसके बाद पाइथन फाइल पे जाना है क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो हम पाइथन फाइल में जाएंगे और टाइटल देंगे मेन डॉट पाई अपने आप अप लगा देगा क्योंकि ये पाइथन फाइल है तो डॉट अपने आप लगा देगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेन थोड़ी देर में ये देखिए आ गया तो हमें सबसे पहले टाइटल देना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट टैग यानी हम प्रिंट लिखेंगे उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट्स एंड गाइस पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्राम है लैंग्वेज है तो हेयर हम तो यहाँ पे पी बड़ी नहीं डाल सकते पाइथन हमेशा मतलब लोअर केस में लिखा जाता है तो हम लिखेंगे प्रिंट लोअर केस में then then then brackets, then the quotes, double quotes, double and ट कोट्स डबल कोड्स एंड टाइटल लाइक वॉट वीर टाइटल चैट बुट इन हिंदी अगर हम यहाँ पे हिंदी में भी डाल सकते हैं अगर हम गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे, पे पेस्ट कर दें बर्टाइल में कि ये मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा तो आगे लिखते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि अब आप हमें ये रन भी कर सकते हैं ये देखिए यहाँ पे टिक द टिक मार्क आ गया है टिक का मार्क आ चुका है मतलब इसमें कोई एरर नहीं है तो हम राइट right क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से रन मेन दबा देंगे या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ्ट एंड से भी कर सकते हैं ये देखिए चैट लिखा आ गया जो हमारा ये प्रिंट चैट था और इसे हम मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे हाँ अगर अगर आपको इस पूरे कोडिंग को आपको जूम करना हो तो आप फाइल में जाएं सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स के खुलने का इंतज़ार करें और उसके बाद हमें जाना है किस में जाएंगे हम कैसे Let's search search where to go. So let's search that. So that. editor general जनरल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बटन को चेक कर देंगे चेंज द फोन साइज विथ कंट्रोल प्लस माउस वीर एंड अप्लाई करेंगे Then click on okay. So अब हम माउस व्हील को माउस व्हील कंट्रोल के साथ माउस व्हील को करके इसे बड़ा कर सकते हैं सो मैं इतना रखूंगा और उसके बाद अगला लिखूंगा प्रिंट एंड देन एज देर आर डबल कोड एंड देन राइट फर्स्ट क्वेश्चन लाइट इट बी वेम सर क्वेश्चन मार्क एंड अब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम यूज करेंगे इनपुट as, as a equals to input, brackets, and then click on next, and now we have to get the answer, मतलब जब यूजर इनपुट डाल के एंटर का बटन दबाएगा तो हमें आगे का लिखना है वो हम लिखेंगे वो आगे का क्या पड़ेगा वो लिखना है हमने तो हम लिखेंगे print, brackets double quotes and then we have to write like as you tell sir your name is इसके बाद हमें quotes के बार quotes के, के बार कोमा डालना है डालने के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट टाइटल एंड क्वेश्चन नाउ वीव टू गिव द इनपुट लेट राइट एज माई नेम इतिक राइट स्वास्थिक एंड प्रेस एंटर and and it will say that as you tell sir your name is is is is Swastik Swastik A A the the input and the A is the input the input is this so process so, finish जल्दी से आगे का लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे and the next question that will be क्या हो सकता है What's your और हम देंगे पे क्वेश्चन मार्क और जाएंगे एंटर पर फिर हम डालेंगे इनपुट के लिए तो इस बार मैं नाम रखता हूँ इनपुट का ए बी कोई भी रख सकते हैं हम चाहे कुछ भी रख सकते हैं इनपुट का नाम मैं ए बी रखूंगा और एक बच्चों का साइन डालूंगा उसके बाद लिखूंगा इनपुट एंड देन ब्रैकेट Here we we will will make brackets and give it print and then we will give give print then the answer that would be your favorite color is is उसके बाद हम quotes के बाद comma डालेंगे जो कि उसका मतलब होता है स्पेस अगर हम बिना कोमा के डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए बी तो सी वॉट विल देखिए क्या होगा इट विलॉज नाउस एंड रन इट अगेन इट अगेन गिवर सो वी है नेम एंड then then it it will will say as you tell sir your your name is is swastik and and and give a new question enter enter green green my favorite color, and press enter. Your favorite color color press that we we have have written written here and process finish because we have not written the coding more so जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं तो मैं और लिखता हूं क्वेश्चन लाइक प्रिंट उसके बाद क्या लिखें हम लिखते हैं व्हाट योर फेवरेट स्पोर्ट एंड क्वेश्चन मार्क एंड विल टेक इनपुट विल आई नेम ए टेज user equals to input and then print or oh, we have not to write print in bracket so print the brackets the code and now the answer would be like your favorite color is oh favorite spellings are wrong now it is correct and now comma and the input name that is user and now it we will run it so it will say what board what's your name sir my name is swastik enter what's your favorite color my favorite color is green enter what's your favorite sport my favorite sport is cricket and enter your favorite oh that's a mistake we i write here color it's is sport sorry for that guys and now i'll turn it again so i'll enter my name then my favorite color And then my favorite sport sport that is cricket. And enter, sport is cricket. cricket. Process finished. So इस तरह से हम जितना मर्जी लंबा चैट बोर्ड बना सकते हैं इसी तरह हम calculator जो मर्जी हम इससे बना सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए के के रिलेटेड रिलेटेड, या किसी को टॉपिक प्रोसेस टू मेक अ चैट बोट इन हिंदी गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक बटन